First line. Yeah. Uh, manage the pass. Uh, step on this little. Yeah, he can take care. And yeah, I give it to you, boy. Pass it. The headquarter. Oh, oh my! God. my God. दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारे चेन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो